क्या आपको पता है कि पराठे को इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं पता यार इंग्लिश कब सीखेंगे आप लोग पराठे को इंग्लिश में कहते हैं पराठा पराठा यहां